अच्छा लग रहा है hmm. ना ये प्रोपर सिटी में जब वाले दिक्कत होती है मतलब वजह में आ सकते नहीं तो। hmm. तो चार तो चार दो चार hmm? मिनट